परासिया में सरकारी जमीन पर ठेकेदार द्वारा अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है प्रशासन को जैसे ही इस अवैध उत्खनन की खबर मिली वैसे ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन और डंपर को जब्त कर लिया और ठेकेदार को तत्काल उपस्थित होने का आदेश दिया मामला परासिया के हर्रई क्षेत्र का है जहा प्रशासन ने अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से डम्पर जेसीपी व पोकलेन मशीन जब्त कर लिया इस कार्रवाई पर तहसीलदार महेश अग्रवाल ने बताया कि उन्हें जैसे ही शासकीय जमीन पर अवैध उत्खनन की खबर मिली वैसे ही उन्होंने वहां पहुंचकर डंपर और जेसीबी को जब्त कर लिया एवं ठेकेदार और सुपरवाइजर को तत्काल उपस्थित होने का आदेश दिया आपको बता दें ग्राम पंचायत हर्रई में करोड़ों रुपए की लागत से तीन किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है और इसी ठेकेदार द्वारा सरकारी जमीन पर मिट्टी एवं मुर्रम का उत्खनन किया जा रहा है वहीं इस पूरे मामले पर परासिया तहसीलदार द्वारा प्रकरण बनाकर खनिज विभाग को यह मामला सौंप दिया गया है खनिज विभाग की टीम द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी ग्राम पंचायत हररे के हर्रे थाना में जो रोड बन रही है उसमें तो अवैध उत्खनन कर रहा है तो टीम और पुलिस थाना रावण से फोर्स बुला करके मौके पर गया